ओ भाई शॉर्ट गाय मजे से लूट ले। और तो गया। ओ भाई, भाई। साहब तू तो गया गया so, रुको सबर करो नहीं हो गया ये देर हो गई इस वजह से हो गया ये बहुत क्या किया है 4x कोई है किसी का ये ये लेवल के तो पे लगता है कि है है है कि कोई कोई नहीं नहीं अभी तक कोई भी नहीं है। तो जाते हैं हम लोग नया किसी कारणीनक के साइड प्राचीन से जाके देखते हैं कोई है नहीं अभी तक कोई भी एक नहीं नजर आ रही है राइस सामने आप लोगों को आए आए को कि एक डैमेज दिया है मैंने किल चोरी कर ली और यहाँ पर अनोखे तरीके से ओ को हम लोग लेने के बाद गए ए का पिक्स और ट्रिप आप लोगों को जरूर बताऊंगा चलो वैसे और तो अभी भी अमर है कि नहीं पीछे में बिट लेते हैं और यहां से कर लेते हैं भूज मेरे लग रहा है कि वो डबल डोर में फाइड हो जाए और डबल डोर में हम लोग अभी तो यहाँ से जाते हैं दुकंग दुकंग और ओ इसको थोड़ा लैंडमाइन लगा के मारेंगे अरे हल्का-पता किधर किधर बहुत भगा दिया लोगों ने मोबाइल ऐसा कुछ करता है क्या हो हो गया गया मतलब ही हैं इसी बात तो लाइक बनता है और जो इधर आपके पास है स्ना Sorry. मेरे पास नहीं है। पता लगाओ किधर मिलेगा इसको। भैया उसके साइड में और जा दिखती हम लोग क्या मदद कर पाते मेरा ही थोड़ा गर्म हो गया और मैं लोगों का अरे भाई भाई भाई भाई भाई, भाई जोहिर भाई दादा डाउन हो गए दादा भाई भाई दादा भाई दादा, दादा, दादा आप मेरे को छोड़ के नहीं जा सकते किधर है आपका बॉडी ओ भाई ये लोग देखो कितना मजे से लूट रहे और भाई साहब हाँ हाँ मतलब पूरा स्टैंड कर ये हैं यहाँ पे कुछ की गोली फिर जाता हूँ भाई साहब लाइक मिली है मेरे को बहुत ही तगड़े वाली गाइस और फिर जाता हूँ वैसे भी अपने पास अभी टोकन बचा हुए 33 गाइस। क्या टोटे थर्टी 33 टोकन मेरे पास समझ रहे मैं क्या बोलना चाहूँगा वहाँ पर कोई ना हो कोई ना हो शॉर्ट में चलो गाइस कोई नहीं है एकदम मुफ्त वाली है और इस शॉर्ट के बाद भी गाइस अगर वीडियो का आपने अभी तक भी लाइक तो लाइक कर देना क्योंकि यहाँ पे देख सकते हैं कि गाइड दो में मैंने फाइव टी कर लिया है और इजी बिजी मेरे को लगता है कि हम लोग डीजा निकाल पाएंगे जोहेर भैया को पहले रिवर्व दिया देता है तो गया हुआ हो चुके हैं और मतलब सैल्यूट करना चाहिए बाइक हेल्प मी बोल के मेरे को बस सिग्नल दिया और किधर इनमें धूमधाम करके ठूक ओ भाई ओ भाई ओ भाई भाई तू तो तो गया गया, गया, गया। तो भाई क्यों नहीं कि कर देंगे अच्छे से जनमेट नहीं निकलना ठीक है कर ये एनिमी ओ भाई हेडशॉट गाइस हेडशॉट इसी बात पे तो गाइस लाइक बनता ही है यहां पे मैंने 7 के लिए और गाइस ऑटो हेडशॉट का मैसिन नहीं गाइस ऑटो हेडशॉट का मैसिन नहीं गुरुजी भाई मतलब कुछ भी गाइस ए डब्ल्यूएम से भी अनोखा नहीं इसका इसके लिए गाइस लाइक बनता ही है आप लोग प्लीज़ गाइस बहुत बहुत मेहनत कर करना होगा कि ये वीडियो मेरे को लाइक चाहिए चाहिए गाइस काहे बोल पाण्डे जी मेरे को लाइक चाहिए प्लीज गाइस और चैनल में ले तो गाइस चैनल को सब्सक्राइब कर देना क्या यार चैनल को सब्सक्राइब कर देना कर देना कर देना बोर हो जाता है अभी भी मेरे पास ओ भाई बंदा गया है और देखे को तो तो मतलब मैं, मैं तो मैं पहली बार अपना तो वॉइस रिवील कर रहा हूं तो लाइक बनता है गैस और लाइक का एम रखते कि गैस फिफ्ट लाइक ज्यादा नहीं फिफ्ट लाइक कर देना